आरे अपने अपने डायलॉग बोलोगे एक बार चल सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग <laughs> आप और लॉन्डे क्या हालचाल चाल तो बस भैया हमारे यहाँ ऐसा ही होता है आप रहे रहे हो हो ना <laughs> <laughs> <laughs> हेलो बच्चों